तो हेलो गेमर्स तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खुश होंगे अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो यार खुश रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया okay. चलो आपको एक कमाल की कहानी सुनाता था एक बार की बात है एपेक्स लेजेंड मोबाइल बोल के एक जगह था वहाँ हर टाइम फाइक चलता रहता था और जो जितना वो चैंपियन बनता था चलो दिखाता हूँ कैसा फाइक चलता था कितना हैनक दे रही तो स्पाई फायर को ना थोड़ा देखना होगा ये लोग बेईमानी कर रहा है अरे वो चल बहुत है भाई दोस्तों ऐसे ही लड़े वो हमको नहीं मार पा रहा है समझा अरे हम पीछे आ जाते हैं इसकी माका रिचार्ज बेकार कर रहा है हां अभी लोग ये कर रहा है पुश कर रहा है पुश कर रहा है हां नॉक नॉक नॉक नॉक एक एक, नौक। नौक हाँ। हाँ। एक, खातम, खातम, खातम। एक कैसे कर दिया अरे कहा गया कैसे कैसे नीचे, नीचे? तुम नीचे, है? नीचे, नीचे अरे नीचे गिर गया उसका पूरा करा के मार को। रुको रुको मारे रुको आ राघव रहा। आ रहा हम, रा, वो वो हम जब पोर्टल बनाया है पोर्टल में आओ ना नो नाटल अरे तुमको दिख नहीं रहा उसमें आ गया क्या ऊपर नीचे गया नीचे गया शेल कर लेगा मी हां जाके फुकाने पर जाओ किचन पे जा जाओ तुम अबे तुम भी कुछ मत अकेले तब एक मारते मारते मारते मारते आ मां खा जा साले वो ये हिल तो सही कर, दिल कर, दिल कर। ओ भाई तो गेमर्स कैसा लगा आपको ये फाइट सीन ये तो एंडिंग था चलो अब स्टार्टिंग का स्टोरी बताता हूं आई मीन दिखाता हूं अबे मजा आएगा ना भिडो इस का तो चैप्टर से क्लियर करना पड़ेगा ही चलो इस बार क्लियर करके ही निकलेंगे ये अब बिल्डिंग क्लियर होने लगा है। है है, एक एक दो स्कौर्ट, एक स्कौर्ट दो तो आराम से संभाल ही लेते हैं। आता है ना। थोड़ा थोड़ा सा हो जाता जाता। टाइम नहीं मिल जाता। मेरा मार दिया। अरे हम है। आई है कोई आया क्या बे? कन्नी की आवाज़ बस नहीं और कहीं मुड़ रहे हैं बंदा यहां पे आ रहे हैं हाँ और ऊपर बंदा है भाई हां ऊपर ही बंदा है तो, तो पूरा डैमेज उधर जगह में हां एक डाउन। खत्म खत्म खत्म खत्म खत्म भाई क्या है क्या है ओ ओ गणेश ब्रिज के ऊपर। हमको दिया कवर दो तुम्हारे तरफ आ डैमेज जाओ एक जने पकड़ते हैं साल कौन बोला भाई देखिए ओह और क्या हुआ हां हां चलो चलो चलो पीछा करो पीछा करो हम ये सबको पकड़ रहे हैं चलो आए खत्म खत्म खत्म नॉक नॉक नॉक नॉक नॉक आ जा आ जा कौन नॉक हुआ वो भी खत्म खत्म ऐसे कैसे छोड़ देता है पक्का हां रे भाई पक्का किया इसने अब कैसे मरा वो नौ को गया साथ में लगा दिया हां एक साथ एक साथ माफ़ करना फ्लैट लाइन 309 हां गिर गया वो वाला ड्रॉप के साइड से ड्रॉप के साइड से ड्रॉप जिधर था हां तो अभी कर दिया रे भाई। पीस लिया है वो लोगो लोगो। दो जिंदा? बड़ा इसके पास नहीं है है अरे स्नाइपर क्या स्ना टा, टा, हम लोग ये मारो ना भाई कुछ तो ये सारा दे रहा है वो लोग हमको मारने का पूरा ट्राई कर रहा है को देखो हम ना यहाँ का संभालते ठीक है यहाँ का यहाँ का नीचे अलग है का दम क्या कोई मार दे दिया है तो इस स्टाइपर है उन लोग के पास ये तो गलत कर दिया सिल तोड़ दिया सिल तोड़ दिए अरे हुआ ते ही पड़ता मजा आ रहा हां वटाक भाई इधर उसको भी लगा मजा आ रहा इसकांसिल गया अभी देख ले निकलने मत देना वहां से आजा चारा दिखा जा ओ ओ भाई भाई भाई भाई दे दे दिया कितना स्नाइपर था भाई। ओ भाई, दे स्नाइपर ये ये रही थी को ना देखना होगा लोग कर रहा अरे बहुत है अरे अरे बहुत ही लड़े। वो हमको नहीं मार पा समझा आ जाते हैं जा, पिछा। जा। मां का रिचार्ज बेकार कर रहा है कर कर कर रहा रहा रहा है कर रहा है पुश हाँ। पुश एक एक कैसे कर दिया अरे कहा गया कैसे कैसे लिखिए <laughs> नीचे नीचे है। अरे निछे गिर गए पूरा करा के मार रुको वहीं हम लोग राघव आ रहा है डाका आ रहा है वो लोग आ रहा है ऊपर आएगा ऊपर आएगा आओ ना सिल में आओ सील अरे हम जब होटल बनाया है मार पोर्टल... पोर्टल में आओ ना, अरे ना भाई शिल्ण शिल्ण बोल रहे हो नोट तुमको दिख नहीं रहा उसमें नहीं। हाँ, हाँ। आ गया क्या ऊपर नीचे गया, निचे गया।, निचे गया। जाओ तुम।, तुम खा जा साले हिल कर, इल कर।, इल कर। ओ भाई इसको बोलते हैं गेम खत्म भाई खत्म खत्म वाह खत्मी हार्ट बीट भर गया थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बी हैप्पी एंड लिव योर लाइफ